हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद केपी विशाल जांगिड तो आज हम लर्निंग में बात करेंगे रिएक्शन अभिक्रिया की जो कि ट्वेल्थ क्लास के लिए है पांच बेसिक हम मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस में आज बताऊंगा आपको तो आज की पहली अपनी रिएक्शन होगी मैथेन की रिएक्शन होगी क्लोरिन से तो मैथेन की क्रिया क्लोरीन पे कराने पर क्या होगा इस टाइप के रिएक्शन के क्वेश्चन ट्वेल्थ बोर्ड में 10 से 15 नंबर के पूछे जाते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसलिए सबसे पहले हमें मैथेन और क्लोरीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए मैथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और क्लोरीन का होता है Cl2 अगर तुम्हें ये फार्मूला पता नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की यूज़र आईडी डाल देता हूँ वहाँ पे जाके स्टेटस में देख लेना मैंने इनके फॉर्मूलोज के स्टोरी डाली हुई है तो अब आगे बढ़ते हैं सी एल टू तो हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन होगी सी एच फोर और सी एल टू है तो इसमें से एक एच हट जाएगा एक एच को अलग करेंगे जो इसके साथ सी के साथ जुड़ेगा और एक सी को अपन सी के साथ जुड़ेंगे तो ये बढ़ेगा सी Cl एल प्लस ये तो बने गया मेथिल क्लोराइड और दूसरा बनेगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारा मेथिन और क्लोरिन है तो आज हमारी नेक्स्ट रिएक्शन के दायद बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है एथिल ब्रोमाइड से एथिल ब्रोमाइड की जली के एच से के एच बताइए तुम्हें के एच क्या होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है जलियो के अभिक्रिया कराने पर तब तो हम इसकी रिएक्शन देखेंगे तो एथिल ब्रोमाइड का फोमा होता है सी टू एच फाइव बी प्लस जली के एच तो अब हम इसमें रिएक्शन करेंगे सॉरी यहाँ पे वो आएगा एरो आएगा तो ये के है के रिएक्शन करेगा बीआर से और ये ओएच, ओएच है जुड़ेगा सी टू एच फाइव से तो क्या बनेगा देखो हमारे सी टू एच फाइव ओ ये तो बनेगा अपना एथेनॉल और दूसरा बनेगा के वी पोटेशियम ब्रोमाइड और ये हमारा एथिल एल्कोहल या एथेनॉल तुम्हारी नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी आज की ये भी एथिल ब्रोमाइड से यही है एथिल ब्रोमाइड की एल्कोहल से बिक्रिया कैसे कराते हैं तो देखिए आगे तुम्हारी नेक्स्ट रिएक्शन थी एथिल ब्रोमाइड की एल्कोहली से। तो अब देखो एथिल ब्रोमाइड की एल्कोहली केओसिया हम किस प्रकार से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए आप एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है पहली बार रिएक्शन की तरह रट लेना फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है सी और चाहते हैं एल्कोहली क्यू एच क्यू एल्कोहल में घुला हुआ है यहाँ पे एल्कोहल में क्यू घुला हुआ है तो फर्स्ट ये तो मतलब सेकंड वाली रिएक्शन है उसकी तरह ही ये के रिएक्शन करेगा बी से तो ये बन जाएगा हमारा के सिंपल है कोई टफ नहीं है रिएक्शन को तुमने टफ बना रखा है।, है नहीं टफ़ और ये है यहाँ पर सी है इसमें से एक एच हटा देंगे बनेगा सी C2H5 टू है ना तो इसमें से एक H को हटा देंगे तो बनेगा C2H4 C2H4 और फिर हमारा बनेगा एक H यहाँ और एक H यहाँ से बचा हुआ H2 और एक ए तो ये तो बन गया हमारा वाटर और ये बन गया एसिटिलीन गैस और ये हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड ठीक तो है हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी आज की फोर्थ रिएक्शन है एथिल ब्रोमाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करना है अब एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन होगी हमारी किससे सोडियम धातु से ये तो प्रेजेंट रहेगा शुष्क ईथर क्या रहेगा प्रेजेंट रहेगा तो इसकी रिएक्शन कैसे करेंगे एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला सी प्लस किसकी उपस्थिति हम कर रहे हैं सोडियम के धातु सोडियम का फॉर्मूल होता है एन तो यहाँ पे दो मॉल लेंगे और फिर एक को एक मॉल और लेंगे इसके भी दो मॉल लेंगे इसको भी एथिल ब्रोमाइड के भी दो मॉल लेंगे तो एक मॉल ले लेंगे एक मॉल को अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आप बी आर सी टू एच फाइव बिल्कुल लिख सकते हैं तो इसकी इलेक्शन हम आगे कराएंगे तो कैसे करेंगे ये बी आर इसका बी आर एरा इसका एक बी आर एरा तो क्या बनेगा टू एन बन सकता है तो ये बनेगा हमारा टू एन प्लस अब एक सी एक सी ये बन गया C2H5 C2H5 एच यानी कि C4H10 ये बन गया हमारा नो नेचुर ब्यूटेन एंड ब्यूटेन ठीक है आज की आखिरी और ये पांचवी रिएक्शन है हमारी आज की आखिरी रिएक्शन है एथिल ब्रोमाइड को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो एथिल ब्रोमाइड को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जा सकता है ये नेम रिएक्शन भी है हेलो एल के चैप्टर है ना ट्वेल्थ क्लास में उसकी रिएक्शन है इसको फ्रैकलैंड रिएक्शन बोलते हैं इसको फ्रैकलैंड रिएक्शन बोलते हैं ये ऊपर वाली थी ना इसको बोलते हैं वर्ज रिएक्शन नेम रिएक्शंस भी है तो एथिल प्रोमाइन की रिएक्शन कराएंगे मतलब C2H5Br प्लस जिंक चूर्ण की उपस्थिति में जिंक चूरण के साथ सॉरी गर्म करते हैं इसको क्या करते हैं गर्म करते हैं एथिल ब्रोमाइड को जिंक चूरण के साथ गर्म करते हैं तो इसमें क्या होगा इसमें भी पहले वाले रिएक्शन की तरह ही होगा ऐसे ये बन जाएगा बी आर टू जेड तो ये बनेगा जेड एन बी आर टू जेड अभी सी टू एच फाइव सी टू एच फाइव फिर वो ही सी टू एच फाइव सी टू एच फाइव सी फोर एच ब्यूटेन और ये जिंक ब्रोमाइड अगर आपको आज की रिएक्शन समझ में आई है तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें थैंक यू